Guys, जब भी अर्थ शेक करती है यानी कि धरती हिलती है तो उसे अर्थक्विक कहा जाता है आपको तो यह बात पता ही होगी और हमारे साइंटिस्ट लोगों ने हमारी अर्थ पे बहुत जगह पे अर्थ को रिकॉर्ड भी किया है आपने भी कभी ना कभी इसे महसूस किया होगा लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारी अर्थ प्लेनेट को छोड़ दें तो इसके अलावा अगर किसी और प्लेनेट पर ऐसे ही वाइब्रेशन महसूस किए जाए तो क्या उसे भी अर्थ कहेंगे नहीं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दू कि नासा ने पहली बार इतिहास में पहली बार छह अप्रैल दो ऐसे ही वाइब्रेशंस मार्स के सरफेस पे रिकॉर्ड किए थे जिसे मार्स क्विक का नाम दिया गया था है ना अमेजिंग फैक्ट क्या आप इसके पहले तक फैक्ट जानते थे और अगर नहीं जानते थे तो यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलेगा मिलते अगली वीडियो में